मित्रों आज बात करेंगे एक श्रब की जो बहुत ही सुंदर देखने में इसकी आप देखेंगे सिंपल इसके लीव्स हैं और ब्रेक्ट इसके कलरफुल होते हैं इसको पोइंसिटिया कहते हैं और ये यूफोर्बी सी फैमिली का है यूफोर्पिया पल्चीरिमा के नाम से भी जाना जाता है इसका प्रोपेगेशन बहुत साधारण तरीके से इसके बीज के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से किया जा सकता है इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं इसकी जो ये कलरफुल लीव्स हैं, इसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट पाई जाती है एंथोसाइनिन पिगमेंट के अंदर साइनिडीन पेलरगोनीडीन और डेलफिनीडिन पाए जाते हैं इसका जो मिल्की जूस होता है वो ईयर ड्रॉप अगर हम डालें तो ईयर एक की समस्या को दूर करता है इसके साथ साथ इसका उपयोग हम विलिंग में कर सकते हैं और किसी भी तरह के बॉइल्स या सोर्स की समस्या हो तो वहाँ भी इसके दूध का इस्तेमाल किया जाता है इसका जो मुख्यतः इसके अंदर एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं और सेपोनिन इस्टरॉयडल कंपाउंड्स और डाई और ट्राई टर्पिनॉयड भी पाए जाते हैं अब हम देखें कि उस पाए जाने वाले मिल्क के अंदर एंटी कैंसरस एक्टिविटी एंटी फंगल एक्टिविटी होती है इसके अलावा उसका उपयोग आर्थराइटिस और रोमेटिज़म में भी किया जाता है ध्यान ये रखना है कि एल्कोलाइड कंटेंट रिच होने के कारण डायरेक्टली हमें उसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है उसका इनटेक नहीं करना है सिर्फ बाहा उपयोग करना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है इसका अगर हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे तो एल्कोलाइड के कारण नोज़िया वोमिटिंग और डायरिया जैसी समस्या पैदा हो जाती है अगर इंटस्टिनल वॉम्स के लिए यूज़ करना है तो हम इसके कोमल पत्तों का डिकॉक्शन बना के ले सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखें कि इसके मिल्क का किसी भी तरह से हम सेवन ना करें मिल्क का उपयोग अर्थाइटिस रोमेटिज्म बहा उपयोग के लिए और कॉमल पत्तरों का उपयोग इंटेस्टिनल वॉम्स को निकालने के लिए करना है क्योंकि यूफोर बी सी का है एल्क्इड रिच कंटेंट पाए जाते हैं वॉमिटिंग और नोजिया कॉमनली कर सकता है जहां तक बात है कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एलर्जी हो जाती है या स्किन इरपसनस हो जाते हैं या फिर कई बार इनिशल स्टेज का सोरियसिस की भी समस्या होती है उसमें भी इसका दूध लगाने से धीरे धीरे आराम होने लग जाता है पूर्णतः ठीक तो नहीं हो पाता है लेकिन इचिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है सोरियसिस के पेशेंट्स के। तो इस प्रकार इतना सुंदर दिखने वाला ये सब कैसे हमारे लिए गुणकारी है हमने आपको बताया और फिर एक नए प्लांट के साथ आपके साथ आएँगे और फिर मिलेंगे आप इसको देखिए समझिए आइडेंटिफाई कीजिए तभी इसका उपयोग कीजिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो को आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्रणाम